सोनीपत सोनी भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थित एक नगर है यह जिले का मुख्यालय भी है फ्रेम नई दिल्ली से उत्तर में 43 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर की स्थापना संभवतः लगभग फिफ्टीन हंड्रेड ईसवी पूल में आरंभित आर्यों ने की थी यमुना नदी के तट पर यह शहर फला फूला जो अब फिफ्टीन किलोमीटर पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गई है फ्रेम हिंदू महाकाव्य महाभारत में फ्रेम लेख है यहाँ पर हिंदुओं का बाबा धाम मंदिर प्रसिद्ध है सोनीपत दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाले रेल मार्ग पर स्थित है लोग काम के लिए रोजाना सोनीपत से दिल्ली आते जाते हैं जिला सोनीपत ट्वेंटी टू दिसंबर नाइनटीन को अस्तित्व में आया उस समय गुहाना और सोनीपत दो तो तहसीलें थी सोनीपत एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है इतिहासकारों के अनुसार 1500 हंड्रेड पूर्व इस नगर की स्थापना आर्यों द्वारा की गई थी और इसका नाम राजा सैन के नाम से सोनपत और बाद में सोनपत बना फ्रेम कहा जाता है कि पांडवों का खजाना भी इसी नगर में था वर्ष 1871 में यहाँ स्थित टीले पर की गई खुदाई ऐसी प्राप्त ट्वेल्व हंड्रेड ग्लिको बैक्टेरियन अवशेषो प्रमाणित होता है की यह नगर शताब्दी तक बैक्टीरियन शासित रहा है। खुदाई के दौरान यहां से गाल के दौरान से सिक्के तथा हर्षवर्धन की तांबे से बनी एक मोहर प्राप्त हुई थी वर्ष 1866 में यहाँ से शोरा की मिट्टी से बनी पक्की प्रतिमा प्राप्त हुई थी 11वीं शताब्दी में इस नगर पर जागीरदार दीपालहर का शासन था 1037 थर्टी ईस्वी में गजनी के सुल्तान मसूद ने दिल्ली विजय पर जाते हुए रास्ते में जागीरदार दीपालहर को हराया था चोलीपत नगर एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ है जो पूर्व नगरों के ध्वस्त होने से बना है फ्रेम नगर के मध्य में एक विशाल दुल के अवशेष देखने का मिलते हैं। इस दुल के निकट ही एक ऐतिहासिक दरगाह सैयद नसीरुद्दीन मामा भाजा है जिसका इस क्षेत्र में विशेष महत्व है इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इस दरगाह की स्थापना एक और ब्राह्मण हिंदू राजा द्वारा शिव मंदिर में की गई थी वाटर पार्क मूर्थल सोनीपथ हरियाणा स्वागत करता है ऑनलाइन टिकट की कीमतें और वर्ष 2022 के लिए बुकिंग उपलब्ध है मुरथल में वाटर पार्क में बड़ी वाटर स्लाइड विशाल क्रिस्टल क्लियर प्यूरिफाइड वाटर प्लांट रेन वाटर डांस फ्लोर स्विमिंग पूल किड्स जोन शामिल है फ्रेंड मोजोलैंड वाटर पार्क मुरथल में परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है बच्चों के साथ पिकनिक के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधा है पुरुषों और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम लॉकर रूम कैंटीन की सुविधा आदि मोजोलैंड वाटर पार्क बहुत ही किफायती मनोरंजन पार्क और वाटर पार्क टिकट प्रदान करता है मोजोलैंड मुरथल सोनीपत में सबसे पसंदीदा मल्टी थीम पार्क है यह पार्क मस्ती और आनंद से भरा है क्योंकि यह अपने वाटर पार्क एडवेंचर पार्क मनोरंजन पार्क और एरो स्पोर्ट पार्क के साथ अनुभव प्रदान करता है जो आपको हमेशा के लिए याद किए जाने का सबसे अच्छा अनुभव प्रदान करेगा तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही यदि हमारे चैनल पर नए है तो कृपया हमारे चैनल सिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेलाइक ऑन प्रेस कर लीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो